हेलो एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आपकी फ्रेंड प्रियंका तो इस वीडियो में मैं आपको वट की पूजा में महिलाएं कितनी उत्सुक रहती हैं और सोमवारी अमावस्या की पूजा थी और उसी दिन वट पूजा की भी थी तो इससे जो महिलाएं थे कुछ महिलाएं पीपल का पौधा में पेड़ में आ, पूजा करने के बाद की पूजा के लिए बरगद के पेड़ में भी जाके पूजा कर रही थी तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे घर की आंटी मम्मी चाची सभी गए हुए थे और उनके साथ मैं भी गई थी कि मुझे भी यहाँ मंदिर देखना था और ये मंदिर में मैं हमेशा आती रहती हूँ क्योंकि ये मंदिर में काफ़ी यहाँ के लोगों की मान्यता भी है आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें सो थैंक यू एवरी